मंदसौर में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की अगुवाई में विकास यात्रा निकाली गई विकास यात्रा के दौरान ही विधायक ने पंचायत सचिव को निलंबित करने का आदेश दिया विधायक ने कहा कि सचिव की काम करने की इच्छा नहीं है इसे हटा दो शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में विकास यात्राएं निकाल रही है इसी उपलक्ष्य में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की अगुवाई में मंदसौर में विकास यात्रा निकाली गयी यात्रा के दौरान विधायक सिसोदिया ने शासन की योजनाओं के हितग्राहियों का सम्मान किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार और केंद्र सरकार गरीबों की चिंता करती है सरकार ने प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा दिया है इसके बाद विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने यात्रा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर एसडीएम को पंचायत के सचिव को निलंबित करने का आदेश दे दिया विधायक ने कहा कि सचिव की काम करने में दिलचस्पी नहीं है इसलिए इन्हें निलंबित कर दो इस यात्रा में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और भाजपा जिलाध्यक्ष सहित सभी बीजेपी नेता उपस्थित रहे। जनपद पंचायत के सीओ तो सुन लो अगर यहाँ का सरपंच और सचिव इफ एंड किंतु और परंतु करता कीजिए आप अक्ष नोटिस भेजिए पानी की टंकी ग्राम पंचायत के सचिव के घर के ऊपर नहीं बनेगी और ना सरपंच की छत पे बनेगी बनेगी तो सरकार की जमीन पर बनेगी, तो बनेगी।, तो बनेगी। आज अभी चर्चा में जारी होगी आज अभी तत्काल शाम तक तो सचिव कौन है सस्पेंड होना है क्या? सरकार की योजना पिताजी के की बिगड़ता है और जमीन आपकी नहीं जमीन राजस्व विभाग की हमारे भरोसे ये काम करना है जनता के भरोसे ये काम करना है, भरो है तुम्हारे भरोसे अगर तुम इनको आना कल आना परसुना टाइम नहीं है ऐसे हो जाएगी चुप्पी